वैसे तो इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को दुनिया उनकी तूफानी और स्विंग गेंदबाजी के लिए जानी जाती है लेकिन शुक्रवार को उन्होंने भारत के खिलाफ लंदन के कैनिगेटन ओवेल में बल्लेबाजी में एक खास कारनामा किया है भारत के पहली पारी में बनाए एक सौ रनों के जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी दो रनों पर समाप्त तो हुई इंग्लैंड को इस तरह पहली बार के दौरान आधार पर 99 रन की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल हुई इंग्लैंड का आखिरी विकेट क्रिस वोक्स के रूप में गिरा जो 50 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। इंग्लैंड की ओर से एंडरसन एक रन बनाकर नाबाद रहे इस तरह एंडरसन ने नाबाद रहने के मामले में खास सेंचुरी मार दी है